लोग समझ ही गए होंगे कि हम किस काली शक्सियत के बारे में बात कर रहे हैं पेश है आपके सामने टाइगर ये हवा में भूत को मार रहा है क्या भाई? शनि like की काया और मंगल की माया है काली आत्मा का साया है इस पे show making on a dribble dribble you know riding in my fear you really have le bhai up driving karne lag gaya hai bhai tu ek bar fix kar le tere ko karna kya hai go back again to relax in my mind be zuban zarur ko kaise boxing punch se maar raha hai isliye aaj kutto ki abadi din pratidin ghatti ja rahi hai roke mere dhol sudhaiya ha ha jiber ke nale bahut saalon baad mauka mila hoga tujhe nana ka यहाँ तक तो ठीक है लेकिन अगर तू जिस पानी में खड़ा है उसमें सांप निकला और वो तेरी पैंट में घुस गया तो तू क्या करेगा आ आ चीची कितनी गंदी नजरों से कैमरामैन को देख रहा है चीची क्या देखना पड़ रहा है अच्छा लगता है मुझे बहुत मजा आता है मेरा आज बच्चा ब्रश करके आया है इसलिए ज्यादा हंस रहा है किसने रह... बुलाया मेरी महफिल में तेरे को तंबूरा बजाने के लिए भाई दबे एक शादी में तार वाली पेटी बजाने का कितना चार्ज करता है इस वीडियो को सीरियसली मत लेना बिकॉज सिद्धार्थ एक अच्छा जिम्नास्टिक प्लेयर है उसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं और बहुत सारी चैम्पियनशिप भी खेली है मेरे को ये पसंद है क्योंकि ये स्पोर्ट्स प्लेयर है रील्स की वजह से इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ